तो आप लोग कैसे हो और काफ़ी दिन बाद फेस की मतलब वीडियो बना रहा हूँ तो गाइस शायद आप लोग अच्छे होंगे और गाय प्लीज़ यार सपोर्ट करो भाई को और देख लो गांव में हूँ और अभी भी मैं मतलब गांव में हूँ जाऊँगा बाद में जब जाऊँगा वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर पर देख लो गांव में कितनी अच्छी अच्छी हरियाली है और अब की मतलब देख लो गेहूँ लगे हुए हैं और गाइस जब मैं गांव जाऊंगा तो मतलब दिल्ली जाऊंगा तो बता दूंगा और अभी तो मतलब कि मैं ये गेहूं कटवा कर जाऊंगा देखो भाई कितने अच्छे लग रहे देख लो गाइज़ और अभी गेहूं कटवा कर ही दिल्ली जाने की तैयारी है हमारी तो गाइस प्लीज़ यार गाइस सपोर्ट करो यार भाई को मालूम है यार प्लीज़ तो कर दो यार गाइस प्लीज़ कर दो कर दो कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को लाइक कर दो